में में बैठो और टेबल चाय समझे? दो यार, हर समय मत इस आदमी के सामने कोई गलत को गलत नहीं बोल सकता है भाई आज तक कोई आरती तो उतारने वाला काम किया होता ना तो उतारते भी तुम्हारी आरती तुम अब ना देख मेरा मत देख तुम्हारा दिखता ही कहा देखूंगी proud in Atlanta, hey! flounder, hey! oh! the london city come in the front pretty cars in the skunks